तो करें। में कर कर बेटा बेटा। ऐसे नहीं ऐसे नहीं मैं ऐसे ही तुम मना पक मैं नहीं नहीं मैं और खुद अपने हाथ से पड़ेगा नहीं नहीं तो फिर दे फिर दे इधर इधर तू तू बात इस ऐसे ऐसे अच्छा मैं ठीक है रखना जवानी तू करना तू मरसा जाए डिप्टी। जाना है ऐसे ऐसे इस फिर मैं दो उसे चला इसको पकड़ इसको बहुत देर होगा ड्रामा करते हुए हाँ। इसके बाद फिर दो सु और भरूंगा पकड़ बोर्ड बीच भरना है फिर अगर तूने ए सुज्जत से तो इज्जत करो जल्दी देर हो गई ना सचिव करालपुरा जाना है वो आर्मी वाले इंतजार कर रहे हैं मेरा स्कूल बस तो, तो एस, एस, ओ ओ मामा मामा मामा मामा मत हाथ छोड़ छोड़ मेरा मुझे अब हाथ अब मुझे भरने देना छोड़ छोड़ छोड़ छोड़ चिड़ी कर दी बलले बलले बलले बलले बस बलले आई के बलले बलले तू बल मैं नहीं रऊंगा नहीं स्ट्रीट ला तो क्या हस्ते मैं तुम्हारे घर चाय पिंग होद्रवाएगा मैं तुम्हारे घर चाय पिंग होद्रवाएगा रु रु रु मैं चाय रु रु तागा बना आय